अरे बिट्टू ने फिर यहाँ पे कूड़ा करकट फिला दिया अभी बताती हूँ इसे कहाँ है ये बदमाश बिट्टू कहाँ रे बिट्टू कहाँ पर छुपा है हाँ जी मम्मी क्या हुआ क्या हुआ के बच्चे ये सब क्या कूड़ा करकट फिला रखा है तूने साफ कर इसे जल्दी से ये कूड़ा करकट थोड़ी है मेरा सामान है अच्छा सामान है ये तेरा अभी बताती हूँ रुक तुझे नहीं नहीं मम्मी जी अभी मुझे मत मानना मैं भी ये सब साफ कर देता हूँ के फिर जल्द तो से साफ कर इस कमरे को जी ठीक है मैं अभी साफ कर देता हूँ हेलो प्यारे बच्चों कैसे लगी आप सभी को मेरी वीडियो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू